सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दिल में मेरे दिल में मेरे दिल में बसा गए प्यार नदी ने वाले का मेरे दिल में मेरे दिल में बसा है प्यार नदी बन जा मार मदी वाले का वल्ले ले उनकी जुल्फ वशम से उनका चेहरा वल्ले ले उनकी जुल्फ वशम से उनका चेहरा उन्हें रब ने बनाया ऐसा नहीं कोई उनके जैसा उन्हें रब ने बनाया नहीं कोई उनके जैसा नहीं कोई नहीं कोई जवाब मदीने वाले का नहीं कोई जवाब गया मदी ने वाले का क्यों कर लगे नागरदम अख दर्दा का नारा क्यों कर लगे नागरदम अखतर रजा का नारा जिसने दुवे को ते गै रजा से मारा जिसने दुवे दीपो ते रज़ा से मारा जब आया जब आय नजर गदार मदीने वाले का जब आय नजर गदार मदीने वाले का मेरे दिल में बसा गए प्यार मदीने वाले का